सिंगरौली से एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है पति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लाठी से हमला कर दिया गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई इसके बाद पति ने भी फांसी लगा ली घटना माड़ा थाना अंतर्गत कुंभिया गांव की है जहां पति ने चरित्र संदेह की चलते महिला के प्राइवेट पार्ट में लाठी से हमला कर दिया जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है जिसके बाद पति ने खुद खुशी कर ली बताया जा रहा है कुमिया के हरजन बस्ती निवासी जवाहरलाल साकेत ने अपनी पत्नी प्रमिला साकेत पर चरित संदेह के चलते पिटाई की थी और उसको लहूलुहान कर दिया था जिसके कारण महिला की मौत हो गयी वही इस खबर को सुन आरोपी जवाहरलाल साकेत ने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है हाँ ये थाना माड़ा क्षेत्रीय घटना है यहाँ एक साकेत परिवार था जिसमें ये जानकारी ली कि एक महिला है जिस मारपीट के कारण से आ, मौत हो गई है और एक पुलिस की जानकारी ली कि उसके पति के द्वारा उसका मारपीट की गई और बहुत ही विवस्त तरीके से उसके रुपताओं में डंडी डाल दी गई जिसके कारण से उसकी मौत हुई थी चोट के लगने के कारण और पुलिस जब मौके पर पहुंची थी पुलिस ने सारा कुछ प्राथमिक रूप से कार्रवाई करते हुए जाँच की पड़ताल की और पता लगाया पति का तो पति भाग गया था पुलिस ने काफ़ी तलाश किया और उसका पता साझी नहीं चली पुलिस के द्वारा पति के विरुद्ध तो का प्रकरण लोग का प्रकरणीब करके विवेचना में लिया गया था आज सुबह पुलिस को जानकारी लगी कि जो आरोपी पति था उसने ही फांसी लगा दी है और पुलिस ने प्राथमिक रूप से जांच की तो उसने काम कर लिया है और लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि आ, उसके द्वारा संभवतः गिलानी वस फांसी लगाई गई है और आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले